यहाँ पे टूवल टेकर सीपी पे पहली बार कर रहे हैं ये और सब सभी के सभी फ्रेश बोर्ड है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे और आप यहाँ पे ये सब लाइव कर रहे हैं सारे स्टूडेंट जो आप यहाँ पे देखने को पा रहे हैं मैं अभी आपको हर एक स्टूडेंट को दिखाऊंगा कि ये लाइव काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो अभी आप देख सकते हैं तो मैं सभी स्टूडेंट को भी दिखाने वाला हूँ ये लाइव कर रहे हैं फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ टूवल टेकर सीपीयू पे काम कर रहे हैं तो चलिए दिखाते हैं फ्रेश बोर्ड था ही अभी क्या प्रोसेस कर रहे त्यास जगह बना रहा रहे अच्छा। जहाँ से मैं को इन करना के प्रोसेस कर रहे हैं अभी आप निकाल निकाल रहे रहे हैं। हैं। अभी प्रोसेस क्या कर कर कर रहे रहे हैं आप? आप अभी अभी अभी इसकी क्लीनिंग ग्लू कट है। ऐसा आप... तो नहीं नहीं था था? कि पहले से कटा हुआ था? नहीं सर अभी मैंने खुद अभी आप खुद किया। हो? चलिए ठीक क्या प्रोसेस कर रहे हैं अभी आपके ये पहली बार कर रहे हैं कि इससे पहले आप कर रहे थे कभी कहाँ पे सीखा आपने कहाँ पे ऐसे टेलीकॉम चलिए ठीक है करिए ये फ्रेश बोर्ड है ना ऐसा तो नहीं पहले से काम किया हुआ नहीं कर दिया। दिया सर सर सर। सर। ये एक साथ आ गया है एक साथ साथ आ आ गया गया। हाँ, है है बाहर। दोबारा इसको लग सर ने जो वो सारे को करिए। ठीक। है। निकाल दिया आप तो? सर। कैसा लग रहा अभी बहुत अच्छा इससे पहले किया था कभी नहीं सर कभी नहीं किया था अच्छा ऐसा तो नहीं कि निकला हुआ बोर्ड रहा था चलिए अब इस पर आप सीधा चलाइए ठीक है सीधा, ठीक। है, सीधा। अभी नहीं कर कर रहे अच्छा आप क्या कर रहे निकाल हो रहे? निकाल, रहे निकाल, निकाल, निकाल दिया आपने यस सर। कोई दिक्कत आई सर। इससे पहले आपने किया था क्या नहीं सर नहीं किया था ये आप देख सकते हो इन्होंने सारा चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा तो नहीं नहीं क्या प्रोसेस कर रहे हैं इससे पहले किया था आपने कभी ठीक है करीब जो भी स्टेप बताए गए सारे स्टेप को फॉलो करना है ठीक है सारे हाँ सारे स्टूडेंट यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकल कर रहे हैं डूएल टेकर सीपीयू पे आप सीपीयू निकाल रहे हो क्लीनिंग हो गई, ग्लू ग्लू के, दिए, ओके, okay. आराम से करना एकदम जितने भी स्टेप आपको बताए गए हैं सर ने बताया सारे, सारे स्टेप को आपको फॉलो करना है ठीक है ओके सर, और चलाते रहना है ठीक okay, निकाल दिया आपने सर, रैम को निकाल दिया कोई बॉल तो मिल ना नहीं। ये ऐसा तो नहीं पहले से निकला हुआ रहा नहीं निकला हुआ तो चलिए आपने निकाल निकाल। दिया। ऐसा तो नहीं लग रहा कि पहले से निकला हुआ है। नहीं। है। CPU CPU हाँ। okay. तो नहीं नहीं। निकला हुआ भी निकाल दिया। देखा गया पे। कोई तो किया आपने। और जो MC, है वो एनसी है वो आपको दिखाया गया सारा चीजें हाँ। okay. okay. कैसा लग रहा तो अच्छा है टेकर टेकर पे पे कभी काम किया था? सर, किया था? था नहीं नहीं सर, नॉर्मल तो गे गे। है। ओके ओके। okay, okay. हाँ, तो चलाते रहना है ग्लू कट कर दिया अब निकाल रहे हो ये वो तुमने निकालिए वेरी गुड तुम निकालिए नहीं तुम निकालो स्क्रैपर और ये स्क्रैपर वापस यहां पे सर को देना जैसे रुक जाओ निकाल दिए हां सर निकाल दे ऐसा तो तो तो तो नहीं नहीं नहीं था था। था कि पहले पहले ड़ तो तो अभी अभी नया नया है है। है इससे काम काम किया किया, क्या? में कर ये कैसा लग रहा जैसा की आप देख रहे हो तो, ये ये ये ले लो मेरे से, तो आप देख सकते हो लाइव। हमारे समीर जी ये बहुत अच्छे से तो जान ले हो गया पहले रैम निकाल दिए दिया खुदरा किला साला ये तो बहुत है और ज़रूरतों के साथ तो सब के सब लोगों को डांटने लग गए तो बिल्कुल अच्छे से ऐसा भी है कि हम लोग ज़रूरतों को ऐसे मूव कर दोगे तो निकल जाएगा ठीक है निकल गया ना उसको थोड़ा सा जैसे जैसे स्क्रैपर को डाल रहे हो हो क्या करना करना है टर्न टर्न तो तो करोगे अपने आप में मूव जाएगा निकाल दिया निकाल रहा है रहे को चलाते रहिए जैसे स्क्रेपर अंदर जाए ना तो उसको टर्न करना है चारों तरफ तो हिट देते रहिए देते रहिए थोड़ा सा चारों तरफ लीजिए, नहीं बात मूव मूव धीरे बस टंग कर दीजिए चारों तरफ हेट करके टंग चारों तरफ हेट दे चलाना नहीं हाँ करना एकदम हाथों से करना ठीक प्रोसेस कर तो आप ऐसे ही बने रहेंगे तो ऐसे ही लाइव डेली डेली आप देख सकते हैं के ऑफिशियल पेज में जाकर थैंक यू